तो प्रोटेक्शन की मदद से मैंने क्या किया एक पर्टिकुलर एरिया को प्रोटेक्शन से बाहर कर दिया अब मुझे इसका उल्टा करना है उल्टा इट मींस मैं एक एरिया को प्रोटेक्ट रखना चाहता हूं रेस्ट एरिया को अनप्रोटेक्ट। मतलब कि जो हमारा एक कलर्ड एरिया है एक कलर्ड एरिया पे मैं किसी भी तरह का टाइपिंग ना कर सकू लेकिन रेस्ट ऑफ एरिया पे मैं टाइप कर सकू मतलब की जस्ट सीप के अपोजिट तो हमने आपको बताया लास्ट टॉपिक में कि फॉर्मेट सेल के ऊपर अगर लॉक्ट क्लिक है इसका मतलब वो प्रोटेक्शन को सपोर्ट कर रहा है मतलब वो प्रोटेक्शन उस पर एप्लीकेबल होगा लेकिन जैसे मैं इनको चेक कर दूंगा प्रोटेक्शन उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा तो यहां पे हम क्या करेंगे कि पूरी की पूरी शीट को सिलेक्ट करेंगे A1 और A के बीच जो तो ट्राइंगल होता है उस पर क्लिक करते हुए मेरी पूरी की पूरी शीट सिलेक्ट हो गई अब यहां पे मैं फॉर्मेट सेल पे जाऊंगा और शीट जो लॉक्ड था उसको अनलॉकड करूंगा एंड ओके तो अभी मैं पास डालूंगा तो पूरी की पूरी सीट के ऊपर हमारी प्रोटेक्शन अप्लाई नहीं होगा मैं कहीं पास पर डालने के, के बाद भी कहीं भी टाइप कर सकता हूं लेकिन जो एक कलर एरिया है जिसको प्रोटेक्शन में रखना है उसमें वापस हम लॉक लगा देते हैं तो अब क्या होगा ओके करने के बाद सिर्फ इस कलर एरिया हमारा लॉक्ड होगा मतलब कलर एरिया हमारा प्रोटेक्शन को सपोर्ट करेगा बाकी एरिया अनलॉक्ड होगा प्रोटेक्शन को सपोर्ट नहीं करेगा इस पर वर्क कब होगा जब हम सीट को पासवर्ड डालेंगे सीट को पासवर्ड डालें अब देखिए मैं यहां टाइप कर सकता हूं बट यहां टाइप नहीं कर सकता